को के दावत आ रहे खे आ गई रोछ भाई वो वे तो सही है उन्हें बुलाओ बुला नाच नानी को बुलाओ अरे मौका साले मेल को के दावत आ रहे खे और गोरी साले माए के सुझलकत आ रहे ये हो आरे इनकी कर दो बदार सो घर, घर के आ रहे हो नारे इनकी कर दो बदार तो में लेकिन हम जो कह खे रही कर तो ही सो लो लो ऊपर जो बाबू पर से बोलाल तुम्हें से बोलाल तो कैसे मौसम और ऋतु ऋतुस के पश्चात होली आ रही है आ है ऐसे और बारे ला का वो लाला लाला hari bare lala digavare lala mope rangan rajo bare lala ay bare lala digavare lala mope rangaj rajo bare lala ya sabko are dheere dheere chalo sadre ke धीरे धीरे जलौर के नदिया पदार क्या कह रहे आप? समर समर के बोलो प्यारे बोलो प्यारे बोलो प्यारे समर समर के बोलो प्यारे नो नो ना लगे है समर समर के बोलो प्यारे नो नो ना लगे है चूके बंद भरो है जो सब ले लो ले अरे ले जब जो अरे ले ना तू पक क्या वो है? अरे चित परी चरना देवे चित परी चरना देवे उठके पे तनक धरना देवे कैसो करे अब मोरे राम जो चित्त परी जा चरना देवे उठके पे धरना देवे कैसो करे जो मोरे राम जो a <laughs> खुशी स्टूडियो एमपी हमारे यहाँ सभी प्रकार के कार्यक्रमों की चैनल वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है प्रॉपर तो लखनऊ को सुबह पता महाराष्ट्र के वो लेकिन अरे लाल रंग डारे हरे रंग डारे लाल रंग डारे हरे रंग डारे भोल रंग डारे केसरिया केसरिया मथुरा नगर के लेकिन सभी कह रहे हैं गंगा रामो सब नहीं कह रहे, रहे प्यासो गंगा रामो हम से ब्याई मिली नहीं से ब्याई मिली नहीं कले उमले नैया बस तुम चला दो गुरु काबो बस तुम चला दो गुरु का से से से से मिली मिली मिली मिली बस तुम्हें चला दो रफा तो, तो मई चला दो महीन नह से व्याई नहीं व्याई चूमा ले रहे मन के कौना आए मन के कौना आए मन के कौना आए हल्के होते बदल हम दे हल्के होते बदल हम दे हल्के होते बदल हम देते बड़ बड़ी आए Oh, oh, oh. जा तो आओ काल रात में मजा तो आ आज रात में किसी यादल जा जाए अब भी बात में नज रहेगी बरात में सवेरे तो नजरेगी बरात में हो, हो, हो, हो। सवेरे तो नजरेगी बरात में ना लिया खाना खा तुम्हें के उजने तो आ गए खाना खा तुम्हें लेकिन मजा तो जो पाते। और। आ गो बोरी बात देखो आप तुम्हें नच नारी न्याए दई सात ये नारी न्याए दई सात निवेदन करेंगे हम आपसे आप लोग सब आपने आप लोग सब साइड से बैठे हाथ हाँ जोड़कर निवेदन है आप लोग बैठ जाए कार्यक्रम आगे बढ़ाना है तो कार्यक्रम जाएगा वो तो घर का कार्यक्रम है कि इतना चल रहा है वरना कार्यक्रम बंद हो जाएगा हाँ हा, हा, हा, हा, हा, हा, हा। इसीलिए कहना है अंतिम में ना बारात में बरात में नारा में में सास बड़ी मताई बड़ी माता पटाके चार कोई मोरे खेत में, मोरे खेत में भिंडी भिंडी इनकी ए, इनकी ये मम्मी क्या है मोरी सास बड़ी सा मिलन रात भात भाइया दीदी मिलन का भलकाश नी मिलन रात भलका ये तो बात